तुझ पे ही आगे रुको तुम मिले तो नम गए तुम मिले तो सारे गम गए तुम मिले तुम तो मुस्कुरा नाम आ गया तुम मिले जादू छा आ तुम मिले तुझी आ गया तुम मिले तो, गया। तुम मिले तो, गया। तुम मिले तो मैंने गाया दिखे दिल को सहारा दिखे आ मेरी धड़कन कामें मेरी तरफ ही मुड़े, ये सांस कुछ से जुड़े हर पल ये तेरा नाम ले, तुम मिले तो क्या है कभी तुम मिले तो दुनिया से चले राे भी तुझसे से चले है बात तेरे हाथ में ओ तू ही शहर है मेरा कुछ में ही घर है मेरा रहता है तेरे बह तुम मिले तो रिश्ता सा बन गया तुम मिले तो लंग तम गए तुम मिले तो सारे बन गए तुम मिले तुम तो मुस्कुराना